आप लोगों को समझना है विषम त्रिभुज अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे त्रिभुज ठीक है विषम बाहुत भुज अभी हम आप लोगों को बताएं क्या होता है विषम बाहुत भुज में दोस्तों बताइएगा आप सभी स्टूडेंट सभी भुजाएं क्या होती है अलग अलग लंबाई की होती है तो त्रिभुज में परिमाप क्या होगा सभी स्टूडेंट समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अगर ये जो भुजा है अच्छे से देखिए अगर ये भुजा ए है अगर ये बी है और ये देखिए ये क्या है दोस्तों सी है हा सभी भुजाएं क्या होंगी अलग अलग होंगी हा सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए पहले ये ए है ये बी है ये सी है ठीक है तो परिमाप क्या होता है दोस्तों परिमाप अभी हम क्या बताएं जो बाहरी बाउंड्री है जो बाहरी बाउंड्री है ट्रगल की ठीक है या जो भुजा है कोई भी, फिगर हो, कोई भी इमेज हो उसमें क्या बोले दोस्तों यहां समझिए आयत हो वर्ग हो वृत्त हो जो बाहरी बाउंड्री होती है उसकी जो लंबाई होती है टोटल लंबाई उसी का योग क्या होता है परिमाप होता है तो इसका परिमाप आप सभी स्टूडेंट बताइए क्या होगा परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी नोट करिए पहले समझिए आप सभी स्टूडेंट परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी हां a प्लस बी प्लस सी समझ रहे हैं अच्छे से समझिए परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों भुजाओं का योग फिर आता है दोस्तों आपके सामने अर्ध परिमाप हा अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप क्या होगा हां बताइए आप सब स्टूडेंट हाँ, अच्छे से समझिए पहले आप सभी स्टूडेंट समझिए अर्ध परिमाप बताइए समझने का प्रयास करिए अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप बहुत अच्छे एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप मतलब सेमी सेमीपेरीमीटर S बराबर क्या होगा दोस्तों बताइएगा A प्लस बी प्लस सी बाई टू हाँ क्या होगा A प्लस बी प्लस सी बाई टू समझ रहे हैं हाँ अच्छे से समझिए हाँ अब ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल समझने के आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे क्षेत्रफल क्या होगा आप लोग बताइए ध्यान दीजिएगा जब विषम बाहु त्रिभुज हो तो क्षेत्रफल क्या होता है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अंडर रूट में अर्ध परिमाप एस s एस माइनस ए s एस माइनस बी इंटू एस माइनस हाँ क्या होगा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट नोट करिएगा अभी हम आप लोगों को समझाएंगे अच्छे तरीके से पहले समझना है हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे हा बहुत अच्छे वेरी गुड एकदम सही सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ध्यान दीजिए तो क्षेत्रफल क्या होगा s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी मतलब अर्ध परिमाप गुणे अर्ध परिमाप माइनस पहला भुजा गुण अर्ध परिमाप माइनस दूसरा भुजा गुण अर्ध परिमाप माइनस तीसरा भुजा ठीक है हाँ एक और इसके लिए क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कब होता है बता रहे वन बाई टू गुणे आधार ध्यान दीजिएगा आधार गुणे ऊंचाई एक और फॉर्मूला होता है जैसे ये पहला ये दूसरा देखिए अगर त्रिभुज दोस्तों दिया है ठीक है समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए आपको आधार पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो इस पर जो पड़ेगा लंब ने यहां से ये हाइट ठीक है और ये बेस यानी कि वन बाई समझने का आप प्रयास करिए v इंटू एच ठीक है आधार गुणे ऊंचाई समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए ये कब आप बताएंगे इस फॉर्मूले से कब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आधार पता हो और ऊंचाई पता हो ठीक है यहां पे समझिए आधार ये भी हो सकता है और इस पे पड़ी हाइट ये भी हो सकती है आधार ये भी हो सकता है और इस पे पड़ी ये हाइट ये भी हो सकता है ठीक है हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हाँ ठीक है समझने का प्रयास करिए तो यहां पर दो फॉर्मूला होता है ठीक है देखिए परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाय टू क्षेत्र क्या होगा अर्ध परिमाप गुण अर्ध परिमाप माइनस पहला एस इंटू एस माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी ठीक है ये पता हो गया एक और होता है वन बाई टू इंटू आधार गुणे ऊंचाई मतलब जब आधार और ऊंचाई आपको ज्ञात हो ध्यान दीजिएगा जब आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जब आपको आधार और ऊंचाई कुछ भी नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है हाँ तीनों भुजा दिया हो तो आप क्या करेंगे ये यानी तीनों भुजाओं का क्या करेंगे योग करके आधा कर लेंगे अर्ध परिमाप आ जाएगा उसके बाद से फॉर्मूला लगाइए आंसर आपके सामने होगा ठीक है चलिए आगे समझने का प्रयास करिए अब आता है आप लोगों के सामने दोस्तों दूसरा समबाहुतभुज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे इसके बारे में क्योंकि समबाह त्रिभुज पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे से समझना है आप लोगों को क्या है समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज अभी हम आप लोगों को बताएं समबाहु त्रिभुज क्या होता है बताइएगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट बराबर होती है तीनों भुजाएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स बराबर होती हैं तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज हाँ, ध्यान दीजिए तो ये चीज तो आप समझ रहे होंगे हाँ अब देखिए अब इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो परिमाप क्या होगा देखिए अगर भुजा मान लेते हैं दोस्तों ए सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर आप कुछ भी मान सकते हैं ठीक है क्या है ए है ए है ए है सभी भुजा क्या है बराबर है ठीक है अगर इसे हम मान रहे हैं चार सेंटीमीटर तो ये भी चार होगा ये भी चार होगा ये भी चार तीनों चार होंगे ठीक है तो परिमाप क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताइए हा परिमाप क्या होगा दोस्तों प्लस a प्लस ए अभी हम आप लोगों को क्या बताएं परिमाप क्या होता है बाहरी बाउंड्रीज होती है उसका सभी का योग ठीक है जो बाहरी बाउंड्री होगी उसका योग क्या है इसमें सभी बराबर है ना तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं परिमाप a प्लस ए की जगह पे थ्री ए तीन गुने ए कितना a है तीन है तो हम इसकी जगह पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसकी जगह पे हम a प्लस a प्लस ए की जगह पे हम थ्री ए लिख सकते हैं यह आप सबको पता होना चाहिए ठीक है थीके? हाँ, यहां तक आप सभी स्टूडेंट समझ गए ऊंचाई मतलब ये ध्यान दीजिएगा हाइट ये होता है यहां से यहां की जो लंबाई होगी या यहां से यहां की जो लंबाई होगी ऊंचाई ऊंचाई याद रखिएगा रूट थ्री बाई टू ए ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा ऊंचाई क्या होगा रूट थ्री बाई टू ए मतलब रूट थ्री बाई टू गुने भूजा हां इसे आपको याद रखना है ठीक है हां समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए अच्छे से देखिए ऊंचाई पूछेगा तो आप क्या करेंगे रूट थ्री बाई टू ए हा अब आता है आपके सामने क्षेत्रफल अब आपके सामने आता है क्या दोस्तों क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल में अभी आपको क्या बताए वन बाई टू गुने आधार गुने ऊंचाई यही तो बताए ध्यान दीजिएगा तो वन बाई टू गुण ए आधार क्या है a और ऊंचाई क्या है दोस्तों रूट थ्री बाई टू ए तो होता है ना तो इसकी हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझिएगा दो गुने दो नीचे चार हो जाएगा समझिएगा आप सभी स्टूडेंट और ये रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर और ए इंटू एक्वायर क्या होगा ध्यान दीजिएगा वन बाई टू आधार गुण ऊंचाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का आप सबको पता होगा ठीक है यह शब्द आपको पता है यहां तक तो वन बाई आधार मतलब ये क्या होगा ए और ऊंचाई क्या है रूट थ्री बाई टू ए तो आप देखेंगे टू इंटू टू फोर रूट थ्री बाई फोर ए इंटू ए स्क्वायर ठीक है हा ठीक है बहुत अच्छा अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एडवांस लेवल जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे ऐसा क्यों होता है पहले अभी आप लोगों समझिए क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम है याद अभी आप लोगों को करना है ठीक है हा तो देखिए अभी आप लोग क्या करें इतना ना समझें ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग इतना नहीं समझेंगे अभी आप लोग क्या बोलेंगे रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर क्या होगा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट क्षेत्रफल क्या होगा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर आप सभी स्टूडेंट पहले इसे नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट पहले इसे नोट कर लीजिए हा संभाव त्रिभुज इंपॉर्टेंट है नोट आप सभी स्टूडेंट करेंगे परिमाप थ्री ए मतलब तीनों भुजाओं का योग ए प्लस ए प्लस ए मतलब थ्री है ठीक है हाँ ऊंचाई बोलेगा तो रूट थ्री बाई टू क्षेत्रफल बोलेगा रूट थ्री बाई का स्क्वायर अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे समझने का प्रयास करेंगे एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे एक ध्यान दीजिएगा एक संबाह त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है ठीक है या दस है ठीक है सेंटीमीटर मीटर आप कुछ भी मान सकते एक संभा त्रिभुज की भूजा मतलब ए क्या है दस सेंटीमीटर है तो आपको बताना है दोस्तों उसका परिमाप ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट बताइए तो उसका परिमाप क्या होगा और उसकी दोस्तों ऊंचाई क्या होगी सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे उसकी ऊंचाई क्या होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा चलिए आंसर आप सभी स्टूडेंट दीजिए तो हम देखना चाहते हैं परिमाप तो आपको पता है दोस्तों परिमाप क्या होता है 3a मतलब 3 गुने 10 बराबर क्या होगा 30 सेंटीमीटर परिमाप हो गया परिमाप यह हो गया आप सबको पता है चलिए ऊंचाई देखिए ऊंचाई क्या होता है रूट थ्री बाई ध्यान दीजिए रूट थ्री बाई टू तो ये क्या हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट बताइए तो हाँ बहुत अच्छे अभी देख रहे हैं देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट रूट थ्री बाई टू इंटू एक मतलब दस तो दो पच्चे दस मतलब फाइव रूट थ्री बहुत अच्छे क्या होगा ऊंचाई फाइव रूट थ्री ठीक है अब देखिए क्षेत्रफल अभी हम आप लोगों को बताएं क्षेत्रफल का फॉर्मूला रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 10 का स्क्वायर मतलब 100 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में तो ये क्या होगा 25 रूट थ्री यहां तक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा फाइव रूट थ्री क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा पच्चीस रूट हा चलिए परिमाप 30 सेंटीमीटर ऊंचाई फाइव रूट थ्री सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या होगा पच्चीस रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा यहां पे जो दिया रहेगा वही आपको रखना है ठीक है लेकिन क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे ठीक है ये सेंटीमीटर होगा यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा नोट